हेलो एवरीवन तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सीरीज़ और इस सीरीज में मैं अभी सबसे पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक पर होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और ऐसी ही वीडियो मैं फर्दर और लाता रहूंगा बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वॉटिटिक इक्वेशन के सबसे पहले लेक्चर से बेसिक ऑफ क्वालिटिक इक्वेशन so this is the first video of the lecture quadratic equation तो इस चैप्टर में quadratic equation जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि equation क्या होता है so, equation दो चीजें होती हैं एक होता है equation एक होता है आइडेंटिटी <coughs> तो अगर हम लोग देखें इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या हो सकता है x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यह हम लोग टर्म वन वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज एक्स अगला एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है बट यहां पे वेरिएबल कितने हैं दो सो वी विल से ये एक लीनियर इक्वेशन है ऑफ टू वेरिएबल अगला ला अब अगला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो तो हम लोग इसको इक्वेशन क्यों बोलते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने का रीज़न ये है कि इसका दो पॉसिबल रूट होगा तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने का रीज़न क्या है क्योंकि इसका दो पॉसिबल रूट होगा वो रूट अगर हम लोग निकालने जाएँ तो वो हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रूट हम लोग निकालते कैसे हैं लेकिन उससे पहले बस ये देख लेते हैं कि इसको हम लोग क्वॉटिटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं तो इसको क्वालिटिक इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्वॉटिटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसका नंबर ऑफ रूट कितना होगा दो जिसको हम लोग ज़ीरो भी बोलते हैं सो so, वो दो रूट या दो जीरो वो पॉसिबल वैल्यू होता है जिसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो एलएचएस और आरएचएस सेम हो जाए ठीक है तो अगर हमसे कोई बोल दे कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क होता है तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क होता है तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क होता है वो अब वह अब हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सो यहां अगर हम लोग देखते हैं इस जगह में तो यहाँ पे एनी पॉसिबल वैल्यू एनी वैल्यू ऑफ a एंड b एलएचएस एंड आरएचएस और किसी भी वैल्यू के लिए एलएचएस और आरएचएस सेम हो जाएगा जबकि यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोई दो वैल्यू के लिए ही ये एलएचएस और आरएचएस सेम हो रहा होगा जबकि आइडेंटिटी में किसी भी वैल्यू के लिए आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए ए और बी का वो हमेशा एलएचएस और आर को सेम कर देगा ठीक है तो इस वीडियो के लास्ट में हम लोग क्या सीखें अगर हम कंक्लूड करें तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो चीज़ों को सीखा इक्वेशन और आइडेंटिटी तो इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो इक्वेशन क्या होता है इक्वेशन एक ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग किसी चीज़ से इक्वेट कर रहे होंगे तो किसी भी पॉलीनोमियल या किसी भी इक्वेशन किसी भी चीज़ को अगर हम लोग किसी चीज़ से इक्वेट करें तो उसको इक्वेशन बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है क्वाडिटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे दो होंगे ठीक है जबकि आइडेंटिटी क्या होता है आइडेंटिटी एक ऐसा टाइप का आइडेंटिटी जो है वो एक ऐसा टाइप का इक्वेशन है जो कि किसी भी वैल्यू के लिए एल और आर सेम कर देगा होप करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आपको फर्दर आगे का वीडियो मिलता रहे थैंक यू